इतनी िटीज है so लेकिन हम सब लोग उन्हीं चीजों के लिए भागते रहते हैं उसी तरह से कुछ करते रहते हैं जिस तरह से बाकी सब कर रहे हैं बहुत कम लोग होते हैं जो उन पॉसिबिलिटीज को देख पाते हैं और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो देख तो लेते हैं उन पॉसिबिलिटीज को लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते कुछ होते हैं जो एक्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी स्मार्टली एक्ट नहीं करते हार्ड वर्क करते चले जाते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं। कि जो पॉसिबिलिटीज है जिसकी मैं बात करता हूं सबको पैसा कमाना है सबको अमीर बनना है अमीर भी छोड़ो पैसा तो सबको चाहिए ही ना कितने लोग सच में मानते हैं कि इंडिया में इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज है अगर कोई कुछ सच में करना चाहे बहुत पॉसिबिलिटीज है बहुत अपॉर्चुनिटीज है इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं सब लोग हैं। आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं अगर ये नहीं आए तो क्या होगा अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाओ एक्सक्यूजे देते रहोगे मरते दम तक संदीप तुम्हारी ये सारी बातें ठीक है मैं पता नहीं है हमारे घर की क्या हालत है सच है मैं कब झूठ कह रहा हूं आती है ना इसी चीजें माइंड में मैं क्या करूं मेरी मजबूरी और उस मजबूरी का भार उठा, उठा उठा करके हम मरते दम तक भागते रहेंगे और फिर अपने बच्चों के साथ भी वही करें। करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे अपने बच्चों को भी यही बोलेंगे बेटा जिंदगी बहुत मुश्किल है देख मेरी क्या हालत हुई मैंने ये सब किया किसके लिए किया तेरे लिए कियाके लिए दिए उस टाइम पर मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए कुछ करूंगा लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तू पैदा हो गया था तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो रियलिटी कैसे बनी आपके जोश से आपके सोचने से कि मैं कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा मेरे सेशंस देख करके हो गए मैं कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। उससे रियलिटी को समझदारी से यूज करने से रियलिटी की समझ होने से आख खोल करके अपने आसपास में इस पूरी दुनिया में क्या क्या है जो भी कुछ इंसान ने बताया चश्मे से लेकर के ये कुर्सी से लेकर के ये स्टेज से लेकर के ये टीवी से लेकर के मोबाइल से लेकर के शर्ट से लेकर के सारी चीजें क्या है ये सब रियलिटी है बट क्या ये पहले रियलिटी थी तो दुनिया में करोड़ों चीजें हैं क्या वो सब रियलिटी थी नहीं थी ये कुछ ये क्या थी पॉसिबिलिटी ध्यान से समझो ये क्या थी पॉसिबिलिटी किसी ना किसी के दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा कुछ किया जा सकता है यानी कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को तो आप देखो लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में ना सोचो तो जो तो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो निकलते हैं प्रॉब्लम्स को देखकर, समझकर, रियलिटी को देखकर के, उसके बेस पे जब हम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं तो वह पक्की होती किस तरह से सोचा जाता है पॉसिबिलिटीज के बारे में लोग ये समझते हैं जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि तो कुछ भी अजीब सी चीज सोच लो कि मैं ये वो वो वो सब हवा में बैठ करेगा मुंगेरी लाल के हसीन सपनेस रियालिटी से क्या कनेक्शन है कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहेगा तो? कैसे रिसोर्सेज कहां है कहां से आएंगे क्या होगा कोई जवाब नहीं मतलब हुआ क्या वो बंदा रियालिटी से डिसकनेक्ट इमेजिनेशन में अब इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं आप कुछ भी सोचना शुरू कर दो माइंड को एक बार सोचने का मौका देना है तो माइंड सोचता ही रहता है अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अगर करके आप रोते रहे, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी या कम होंगी बढ़ती चली जाएगी और सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम सोल्व होती चली जाएंगे सिंपल करो ना चीजों को आपका ध्यान कहां है प्रॉब्लम की तरफ है या सॉल्यूशंस की तरफ है सोल्यूशन और ये सॉल्यूशंस क्या है मतलब इमेजिन्री सोल्यूशन है, या है? है. आप को समझ करके फिर पॉसिबिलिटी अब यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी अब आप इमिजिएटली कुछ भी कर सकते और यहां पर फेलियर होने के चांसेस नेक्स्ट उन्हें ले देखो कैसे सोचते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी ये जो जनरेशन है ये जो यूथ है करोड़ों लोग हैं उनको समझना होगा कि पॉसिबिलिटीज को देखते कैसे दैट इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच अमीर बनना है कैसे बनोगे बड़ा सिंपल है एक्सट्रीमली सिंपल है सीक्रेट बता रहा हूं आपको चीजों को कॉम्प्लीकेटेड मत करो लोग क्या करते हैं चीजों को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और उसमें जा करके फंस जाते हैं अटक जाते हैं रुक जाते हैं चीजों को सिंपल कर दो अभी तक मैंने जो भी बातें करी उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है कोई बड़ी बड़ी बातें नो? कुछ नहीं सिंपल डे टू डे लाइफ उसको ऑब्जर्व करो देखो क्या हो रहा है हमारे आस वहां से आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने लग जाएंगी जो और लोगों को नहीं आएगी क्योंकि उनका दिमाग बंद है उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे बाकी सब भाग रहे हैं